डॉट जीवन में सफल ऐसे बने पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया बाला कुछलते कूदते दादा जी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला की दादाजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं दादाजी हाँ मैं सर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधशाला ले गए वहां जाकर दादाजी ने दो छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा दादाजी ने लड़के से पूछा लड़का कुछ समय तक सोचते रहा और फिर बोला घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप आंधी पानी और जानवरों से भी खतरा है दादाजी बोले चलो देखते हैं आगे क्या होता है और वह अखबार उठा पढ़ने लगे दादाजी दोनों पौधों आरोप ज्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया थ्री टू फोर साल बाद जब एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला दादाजी पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया था पर इस बार आपको कुछ बताना ही होगा दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहाँ उन्होंने गमले में पौधा लगाया था अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था लड़का बोला देखा दादाजी मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज्यादा आकार सफल होगा दादाजी ने बोला कि अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए बाहर एक विशाल पेड़ गर्भ ऐसी खड़ा था उसकी सखाए दूर तक फैली हुई थी और उसके छाव में खड़े रा आराम ऐसी बातें कर रहे थे अब दादाजी ने पूछा बताओ कौन सा पौधा ज्यादा सफल हुआ लड़का कुछ शर्माते हुए बोला बाहर वाला लेकिन ये कैसे संभव है बाहर तो उसे न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा दादाजी मुस्कुराए और बोले हाँ बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीजों से सामना करना पड़ा लेकिन समस्या का समान करने ऐसी अपने फायदे भी तो है बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले अपनी सखाओ से आसमान को छू ले और तुम जिस आधी तूफ़ान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे उसी आधी तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मज़बूत बना दिया है कि आज एक छोटा सा आधी तूफ़ान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता बेटे अब जो मैं तब तुम्हे बताने वाला हूँ उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छी विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है लेकिन अगर तुम तमाम खतरो के बावजूद इस दुनिया का कामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है लड़के ने लम्बी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा दादाजी की बातों को समझ चुका था आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज्यादा सफल बनाती है